आपके अपने चैनल लोईस टनवन में यदि आपने अभी तक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे बेल आइकन का ऑप्शन होगा उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले तो हम आज बात करने वाले हैं पठान मूवी के बारे में पठान मूवी के अंदर कौन कौन से कलाकार हैं और पठान मूवी कब रिलीज होगी पठान एक आगामी दो हजार तेईस सिनेमा की जासूसी फिल्म है जिसे सिद्धार्थ आनंद द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है और आदित्य चोपड़ा द्वारा उनके बैनर जसराज फिल्म के तहत निर्मित किया गया है बाई आर स्पाई यूनिवर्स पर आधारित इस फिल्म में शाहरुख खान दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम हैं जो एक था टाइगर 2012, टाइगर जिंदा है 2017 और बार 2019 तो के बाद स्पाई यूनिवर्स में चौथी किस्त है जसराज फिल्म की सबसे महंगी परियोजना है ये फिल्म बाई की पहली डालवी सिनेमा रिलीज़ है और पहली बॉलीवुड फिल्म है जिसे पूरी तरह से आईमैक्स मैक्स कैमरों के साथ शूट किया गया है यह फिल्म गणतंत्र दिवस के अवसर पर 25 जनवरी दो हज़ार को रिलीज होगी इस मूवी के अंदर शाहरुख खान का नाम रो एजेंट फरोज पठान रखा गया है दीपिका पादुकोण का नाम सनाया डेगोरस्टा रखा गया है जोन अब्राहम का नाम सब्बीर अंसारी आशुतोष राना सिद्धार्थ इस मूवी के अंदर शाहरुख खान का नाम रो एजेंट फरोज पठान रखा गया है दीपिका पादुकोण का नाम सनाया डेकोस्टा रखा गया है जॉन अब्राहम का नाम सब्बीर अंसारी आशुतोष राणा सिद्धांत सलमान खान टाइगर ऋतिक रोशन कबीर पठान निर्देशक हैं इसके सिद्धार्थ आनंद निर्माता हैं आदित्य चोपड़ा और लेखक हैं इसके सिद्धार्थ आनंद अभिनेता हैं इसके अंदर शाहरुख खान दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम सिद्धांत संगीतकार है इसके विशाल शेखर छायाकार है बेंजामिन जिस पर स्टूडियो किसका है जे स्टूडियो है जिसराज फिल्म का जो रिलीज़ होगी 25 जनवरी दो तेईस को इंडिया के अंदर वह इसकी भाषा है हिंदी तेलुगू और तमिल के अंदर चलो यदि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल बेलाइकन पर प्रेस कर सकते हैं और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय लव यू टेक केयर जय हिंद जय भारत